चढ़ चढ़ जा जा बेटे बाद में सीट नहीं मिलेगी पापा सारी तो खाली पड़ी है बेटे बाद ना तो बगलता फिर हाँ ठीक है अब तो मिलगी ना आप टिकट टिकट टिकट टिकट भैया टिकट दे दो दिल्ली की अरे भाई दोनों आप दो टिकट कटेंगी अरे बच्चा तो अभी पांच साल का है ना मेरा तो इसकी तो आधी लगेगी ना टिकट अच्छा बच्चे की शक्ल देख कर तो साफ पता लग रहा है कि बस अगर दो घंटे लेट हो गई तो इसकी निकल आएंगे हाँ हा ठीक है दो दे दो फिर क्यों पापा आज नहीं बोलोगे क्या मार मोजे मोज तो तब बजेगी ना जब वीडियो ट्रेंडिंग में आएगी हाँ।